हेलो गाइज कैसे हूँ आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हुए चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट मैच के बारे में तो आज का टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में है और ये मैच दो तो घंटे बाद स्टार्ट होना लगा ठीक है इसका मेगा क्वेंटेज भी देख सकते हो कि अस्सी लाख का चालीस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना बेस्ट टीम बनाते हैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले टीम कैट कर रखें ठीक है चलिए इसमें एडिट करते कुछ और आपको दिखाते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन सा होगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकेगा तो पहले तो विकेट कीपर की बात की जाए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले विकेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए मतलब कि दो प्लेयर सबसे बेस्ट हो सकते हैं एक है सैम बिलिंग्स ठीक है और तीसरा है बी वलथिंग वाटलिंग ठीक है बी वॉटिंग दस चलिए इनके बाद डिटेल लिखा जाए पहले कुछ तो आप देख सकते हो कि ये पहले मैच में इनका सैक्ट करता था था और इन्होंने फोर्टी पॉइंट दिया था आपको और ये डीटी का लोगों पाए थे पहले ही मैच में ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं उसके बाद सेम्बिलिंग्स के बारे में दिखाया जाए डिटेल क्योंकि ये पहले मैचे में इन्होंने मतलब कि ये मैचेस खेले ही नहीं थे ठीक है तो ये इस बात की मैचेस में अगर ये खेलते हैं या नहीं खेलते हैं तो टॉस के बाद ही पता सकता है लेकिन मैं यहाँ पर जोसेफे रूट ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर इंग्लैंड के और ये आपको ज्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं इसलिए मैं इन्हें अपने टीम में सिलेक्ट कर और इनका सिलेक्शन भी देख सकते हो नाइनटी फाइव इनका डिटेल देखा जाए वो तो डिटेल की बात की जाए तो ये देख सकते हो आपकी इनका सलेक्शन नाइनटी फाइव परसेंट था और ये पहले ही मैच में कितनी जबरदस्त पारी के लिए और एक पॉइंट इन्होंने अभी तक दिया है तो ये कितनी जबरदस्त प्लेयर है इसी आपको नंदाजा लग सकता है ठीक है उसके बाद से मैंने यहाँ पर डी कॉन्वे को सेलेक्ट किया डी कॉन्वे भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है और अभी के जो मै के मैच कुछ दिन पहले खत्म हु थे उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी आपको तो पता ही होगा ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ये पॉइंट की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ये एक ही मैचेस में कितना दो सौ इकसठ पॉइंट आपको दिए गेंगे इनका सिलेक्शन कितना था स्टार्टिंग में 30 परसेंट और पॉइंट की बात की दो सौ एकसठ पॉइंट इन्होंने टेस्ट मैच में दिया है ठीक है उसके बाद से एक और प्लेयर है हम जिसका नाम है दी बर्नस डी डी बनस, बनस। का सिलेक्शन कितना था? 72 टू परसेंट और पॉइंट की बात की थी एक सौ पॉइंट इन्होंने टोटल अभी तक दिया है चलिए डिटेल देखा जाए पहले कुछ तो आप देख सकते हो तो इनका सलेक्शन कितना था उन्नीस मात्र उन्नीस और पॉइंट की बात की थी कि एक पॉइंट इन्होंने एक पॉइंट इन्होंने टोटल इस मैच में दिया है पहले ही मैचिस में तो इससे आप नज़र लगा सकते हो कि कितनी ये जबरस्त प्लेयर हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर कैम्बीसो को ले सकते हो कैम्बिलेंस बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और ये आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं और इनका सिलेक्शन भी देख सकते हो कि कितना 59 परसेंट ये पहले के मैच में इन्होंने अच्छी पारी नहीं ली थी फिफ्टी इनका सिलेक्शन है ठीक है ये पहले के मैच में इन्होंने अच्छी पारी नहीं लेती थी इसलिए बीस पॉइंट देख रही क्या वो निकल गए आउट हो गए ठीक है तो आप चाहो तो इन दोनों में ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं ठीक है उसके बाद से बात होती है ऑलराउंडर की तो यहाँ पर मैंने दो ऑलराउंडर को सिलेक्ट किया है पहले का नाम है ओ तो मैंने एक ऑलाउंड को सिलेक् किया जिसका नाम है ओ रोबिसन ओ रोबिसन का सिलेक्शन देख सकते हो 68 परसेंट है ठीक है 68 परसेंट लोगों क्या किया ने क्या ने सेलेक्ट किया चलिए तो इनका डिटेल देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये पहले मैच में इनका सलेक्शन था फिफ्टी मतलब पंद्रह और दो पॉइंट इन्होंने उस मैच में दिया है चलिए देखते हैं दो सौ में किस में दिया है तो आप देख सकते हो जितनी अच्छी ये बैटिंग करते हैं उतनी अच्छी ये विकेट निकालने में ये क्या है माहिर हैं आप देख सकते होते यहाँ पर कि यहाँ पर ये चौसठ पॉइंट दिए विकेट निकालकर ठीक है निकाल चौसठ पर क्या है दिए विकेट निकालकर और ये इन्होंने रन की बात की जाती है ये बयालीस रन मतलब क्या हुआ ये खेले हैं ठीक है कितने अच्छे प्लेयर जिस लगा था यह पाँच चौका मारे भी हैं आई टी में पाँच चौका मारे हैं ठीक है उसके बाद से और देखा डिटेल लग जाए ये इन्होंने कैच पकड़ा जिसके बाद उन्हें आठ पॉइंट मिलाया इस तरह के बहुत सारे इन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली इससे पहले के मैच में और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है ठीक है फिर उसके बाद मैंने एक और प्लेयर को लेकर जिसका नाम है एम सन्टनर ठीक है और ये आगे के मैचेस में इन्होंने अच्छी पारी पार्टी के लिए और जीरो पॉइंट के साथ क्या हुआ ये क्या हुआ यह जीरो पॉइंट के साथ ही अपने मैच को खत्म किए ठीक है लेकिन ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ये आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं इसलिए मैंने अपने टीम में सेलेक्ट कर रहा हूँ आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप करके यहाँ पर सी डे सी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है आप इन इन से किसी एक को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों ही बहुत ही डबल्स प्लेयर हैं यहाँ पर निचोल्स को एच निचोल्स को आप चाहो तो इन्हें बैट्समैन आपको कर सकती हूँ नहीं तो मैं यहाँ पर एम संतान को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा लॉर्डर है मुझे ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ठीक है उसके बाद से मैंने यहाँ पर बॉलर की बात की जा मैं यहाँ पर चार बॉलर को सेलेक्ट किया हूँ चार बॉलर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया आप देख सकते हो टीम साउदी टीम सऊदी बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है न्यूजीलैंड के और ये विकेट निकाले बहुत ही माहिर है आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहले मैच इसमें सेलेक्ट करता था पहले मैच में था सेवेंटी टू परसेंट और एक सौ छप्पन पॉइंट ये अपने मैच कुछ देख सकते हो कि एक छप्पन पॉइंट इन्होंने अपने दिया यहाँ पर देख सकते हो कि विकेट की बात की जाए तो ये विकेट में क्या हुआ ये देखो 96 परसेंट क्या हुआ विकेट निकाल कर नाइन्टी पॉइंट इन्होंने अपनी टीम को दिया है उसके बाद से इन्होंने रन भी लिया है आठ रन लिया है यहाँ पर देख सकते हो आठ रन इन्होंने लिया है उसके बाद से एल पी डाउल्यू करने के चलते इन्हें क्या मिला है सोलह पॉइंट मिला है उसके बाद से यहाँ पर विकेट की बात की जाए तो दो तीन चार पाँच विकेट कि लिमिट होती है कि दो लो, तीन लो, चार लो या पांच लो तो उसमें आपको बोनस मिलता है कितना आठ बोनस इन्हों को मिला है इस तरह से बहुत तो ही और यहाँ पर देख सकते हो मेडन ओवर मेडन ओवर की चलते इन्हें आठ ओव मिला कितने अच्छे प्लेयर है आप देख सकते हो इसलिए इन्हें आप मिस मत करें और इन्हें अपने टीम में लेखा चले कि आपको जब सारा पॉइंट दे सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद से मैंने एक और प्लेयर को सिलेक्ट किया है सिलेक्शन के हिसाब से जिसका नाम है जे एंडरसन जे एंडरसन इनका सिलेक्शन कितना सेवेंटी सेवन लोगों ने यह क्या सिलेक्ट किया चलिए इनका डिटेल किया जाए यह पहले मैच इसमें क्या इनका सिलेक्शन था एट्टी था आप देख सकते हो और ये एक्सठ पॉइंट इन्होंने बाहर आ रहे है जिसका नाम है एंडरसन को ड्रॉप करने पर जिसका नाम है वार्गेनर ठीक है और यह सिलेक्ता है फिफ्टी वन परसेंट ही लेकिन ये पॉइंट की बात तो ये 110 पॉइंट उस मैचेस में दिया है तो आप चाहो तो इन दोनों में से इन दोनों में से किसी एक को कोेट कर सकते हो पर यहाँ पर मैं अंडरसन को लेकर चलता हूं यह बहुत ही अच्छे प्लेयर है उसके बाद से मैंने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जिसका नाम है जेमिसन जेमिसन बहुत ही अच्छे प्लेयर है न्यूजीलैंड के और फिफ्टी नाइन लोगों ने क्या कहने सेलेक्ट किया आप जेमिसन का डिटेल अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो आई में उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की है और कितनी अच्छी विकेट निकालने में माइट हैं इसलिए मैंने अपने टीम में सेक्ट करता हूं यहां पर देख सकते हो इन्होंने 48 पॉइंट किया है विकेट निकाल कर दिया है इसके बाद ही ये कैच भी लिए हैं जिसके कारण आठ पॉइंट मिला है और पी आउट करने के कारण आठ पॉइंट मिला है इस तरह से यह विकेट निकालने बहुत ही मार दी है और ये आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे सकते इसलिए मैं इन्हें अपनी टीम में सिलेक्ट करके चलता उसके बाद से मैंने एक और प्लेयर को सिलेक्ट किया जिसका नाम है एम वुड एम वुड बहुत ही जबद्दस प्लेयर है और यह इंग्लैंड के पेलेर इनका सिलेक्शन करता था फिफ्टी फाइव पॉइंट की बात की थी अभी तक सिक्स पॉइंट ही दिए हैं इससे पहले के बचेस में चलिए इनका डिटेल देखा जाए तो इनका सिलेक्शन किया था थर्टी पॉइंट था ठीक है और सिक्सटी एट पॉइंट देने का कारण यही क्या पहले डीटी का लोगो मिला आप देख सकते हो डीटी का लोगो मिला सिक्सटी एट पॉइंट लेने चला इन्हें डी टी का लोगो मिला लेकिन एडर एडर्सन को सिक्सटी वन परसेंट लेने का डी डीटी का लोगो नहीं मिला क्योंकि एम वुड जो है बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ठीक है ये तो हो गई टोटल टीम की बात उसके बाद चलते हैं कप्टन ऑफ बॉय सीटन आपका टीम कैसा भी बनाओ लेकिन आपका कैप्टन ऑफ बॉय सीटन अगर सबसे अच्छा है तो आप किसी मैच में विनर बन सकते हो इतना थर्टी सिक्स परसेंट तो चले कैप्टन बना और वॉइस किप्टन की बात की जाए तो सबसे वैसे लोगों ने वॉस किप्टन में ही किया परसेंट मतलब सत्रह परसेंट ठीक है अब पॉइंट की बात की जाए पॉइंट में सबसे ऊपर है डी कॉन्वे डी कॉनवे डी कॉन्वे को पंद्रह परसेंट लोगों ने ही अपना क्या है वॉइस केप्टन बनाया पंद्रह परसेंट फिर भी मैं इन्हें अपना बॉइस कीप्टन बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है और यह वॉइस कप्टन के काबिल भी हैं ठीक है आप चाहो इन्हें ना बनाकर वॉस कप्टन आप चाहो तो टीम सऊदी को भी बना सकते हो टीम सऊदी बहुत ही अच्छे प्लेयर है टीम सऊदी ने टीम सऊदी कहाँ है टीम सऊदी अब सऊदी इन्हें भी अपना बहुत बना सकते हो ये बहुत ही अच्छे बॉलर है और ये विकट के हमारे बाहर है मैं यहाँ पर डी कारनर को लेके चलता हूँ उसके बाद से अपना टीम को सेव करता हूँ ये रहा मेरी टीम आप देख सकते हो आपको अगर वीडियो अच्छी तो लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें चनल बनाया और सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो आपको बहुत सारे मिलेगी जिसमें आपको ज़्यादा से पैसे अर्न कर सकते हो